नव वर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ सिंह राशि के जातकों प्रेम के मामलों में वर्षफल 2020 क्या कुछ नया लेकर के आया है साथ ही साथ जो हमारे सिंह राशि के दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यदि आप सिंगल हैं तो क्या 2020 में डबल होंगे या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे क्या आपका विवाह होगा तो इन सभी जिज्ञासु प्रश्नों के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहते हैं कि ये जो सिंह राशि का राशिफल है ये करोड़ों लोगों का होता है आपकी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप क्या कहती है आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक उपाय हमसे पा सकते हैं तो एक बात बताना चाहेंगे देखिए सिंह राशि के जात जनवरी से विशेषकर मार्च के लिए जो है ये चीज़ें हैं तो सिंह राशि के जातक व जातिकाओं को अपने घर व परिवार से लगाव बनाए रखने के लिहाज से सामान्य तौर पर ये जो है तीन माह आपके लिए ठीक रहेंगे तथा प्रेम संबंधों की जो लोग चाहत रखते हैं उनके लिए पहले से अधिक धैर्य व विवेक का इस्तेमाल करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं कुछ कामों में सिंह राशि के जो तो जातक हैं इनको अपना विश्वास बनाए रखने के लिए पुनः नए सिरे से मेहनत करने की ज़रूरत होगी जो कि पूर्व में आप लोगों ने गलतियाँ की हैं उनसे अब बाहर आने का समय रहेगा घर के बड़े भाई बहनों से आप लोगों को जो है सहयोग मिलेगा उनका इसने आपके प्रति रहेगा जिससे आप खुश रहेंगे क्योंकि संबंधित भाव में गुरु का दृष्टि संबंध आपके लिए अच्छा हुआ अनुकूल जो है बना हुआ है वैसे इस वर्ष 2020 के इन महीनों में आप अपने प्रेम व चाहत के मामलों में बड़ी तेजी से जो है आप आगे बढ़ेंगे तथा किसी नए प्रेम संबंध की आपको शुरुआत होगी यदि आप सिंगल हैं तो इधर के तीन महीने जो रहेंगे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कोई नया आपको जो है लव पार्टनर मिल सकता है आप अपने चहेते साथी के साथ कहीं पर डेटिंग पर जा सकते हैं कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं आ, मतलब सिंह राशि के जो जातक रहेंगे तो 2020 के इन महीनों में चूंकि गुरु के गोचरीय प्रभाव से बहुत ही शुभ परिणाम प्रेम व संबंधों में बने हुए रहेंगे काफ़ी खुश रहेंगे आप अपने जो है लव लाइफ को लेकर के क्योंकि ये जो शुभ ग्रहों की स्थिति है इसका प्रभाव भावगत बना हुआ रहेगा वहीं यदि हम बात करें लव लाइफ के मामलों में अप्रैल मई जून खास करके जो तीन महीने रहेंगे इसमें सिंह राशि के जातक व जातिकाओं को परस्पर चाहत व तालमेल के अच्छे अवसर ये देने वाला माह रहेगा हालांकि भाव का शुभ व अशुभ प्रभाव रहने से आपको कई बार विपरीत परिणाम से भी दो चार होने की स्थिति बन, बनी रहेगी आपको ऐसा प्रतीत होता रहेगा कि आपके द्वारा किए गए कामों व परोपकार को कोई नहीं मान रहा है किंतु यह आपके मन के विचार जो है रहेंगे क्योंकि पाप ग्रह प्रभाव आपको कई बार उग्र करने वाला रहेगा जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं सिंह राशि में प्रेम संबंधों को लेकर साल दो थोड़ा सा ये जो महीना रहेगा उतार चढ़ाव का दौर रहेगा क्योंकि गुरु स्वराशिगत से गोचर करते हुए अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मकर राशि में जो है ये संचरित रहेंगे और यहाँ पर नीच के हो जाएंगे नीच भंग राजयोग भी बनेगा निजी संबंधों सहित परिवार में कुछ अनबन की स्थिति भी आपकी बन सकती है आपके मन में कुछ नकारात्मक विचारों का समावेश आ सकता है इस स्थिति के लिए आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा अपने अंदर झाँकना होगा आपके जो बुरे कर्मों का फल है इसको मान करके घर वालों के साथ पुनः सहमति बनाने में आप लोग लगे रहेंगे कुल मिला के यदि हम बात करें तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आप लोग अपनी निकाल दीजिएगा आपके जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो निश्चित समाधान हेतु समय निर्धारित करके आप लोग हमसे आकर के मिल सकते हैं संपर्क कर सकते हैं और एक बात बताएं सिंहराज के जात हम आप लोगों को निराश नहीं करेंगे वहीं जुलाई से सितंबर मतलब जुलाई अगस्त सितंबर ये जो तीन माह रहेगा सिंह राशि के जातक व जातिकाओं के सगे संबंधियों परिवार को लेकर के उम्मीदों वाले उम्मीदों वाला रहेगा आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे यदि विवाह के बंधन में बदना चाहते हैं और आप लोग परिवार वालों से बात करेंगे तो आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलेगा परिवार की तरफ से कई बार आप लोगों को थोड़ी सी मान मनोबल करनी पड़ेगी लेकिन अंत में आपके परिवार के लोग आपको सहयोग देंगे और मान जाएंगे आपको अच्छे फल इस माह मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एक बात और बता दें कि शुक्र ग्रह जुलाई के अंतिम दिनों से मिथुन राशिगत होकर के आपके प्रेम संबंधों को देखिए मधुर बनाएगा अगस्त के अंतिम दिनों में कर्क राशि यानी व्य भावगत शुक्र गोचर करेंगे वहीं आपके प्रेम संबंधों के कारक गुरु रोग जो है जो जुपीटर है रोग भावगत गोचर करेंगे जिससे प्रेम संबंधों में साथ को अचानक कुछ आप लोग अप्रिय शब्द कह देंगे मतलब आप लोग समझेंगे शब्दों को और बोल देंगे तो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी खटास रिश्तों में आ सकती है अतः तौल मौल करके ही कोई बात करिएगा क्योंकि पाप ग्रही प्रभाव व भावगत गोचर आपके संबंधों को खराब कर सकता है वही वर्ष का अंतिम तीन माह मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिंह राशि के जातक व जातिकाओं के लिए प्रेम एवं परिवार के स्तर पर सामान्य जो है मतलब वृद्धि के संकेत दे रहा है आपको अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने तथा आ रही समस्याओं को हल करने की जरूरत होगी आप लोग इसके लिए कुछ अधिक ज्यादा प्रयत्नशील रहेंगे एक बात और बताते जो भी समस्याएं आएंगी इनको हल करने की आपके अंदर क्षमता तेजी से विकसित होगी वर्ष 2020 के जो माह हमने बताए हैं आपको प्रेम और परिवार के क्षेत्रों में थोड़ा सा उदार रहना पड़ेगा आपको अपनी जिब्वा पर काबू रखना ही पड़ेगा जिससे आपको सुख और सौभाग्य में वृद्धि मिलेगी पाप ग्रही गोचर वर्ष कई बार आपको आपसी मनमुटाव की स्थिति भी देखिए बना सकते हैं प्रेम व संतान के कारक ग्रह गुरु वर्ष 2020 के जो है जो हमने आपको मंथ बताए थे जिसमें मकर राशि में गोचर करेंगे तो नीच के रहेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो इन स्थिति में आपको ध्यान देने की ये जरूरत रहेगी कि जुपीटर से रिलेटेड आप लोग उपायों को कर लेंगे तो बेहतर रहेगा घर और परिवार में सुख सौभाग्य का वातावरण रहेगा अपने सूझबूझ से आप लोग अपने जो है निर्णय ले सकते हैं और बेहतरी के लिए एक बात और बताना चाहेंगे सिंहराश के जात को कुछ ऐसे आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि आप लोग अपने परिवार के नज़रों में थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे तो ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिएगा कि आपके माता पिता को, को कोई ठेस पहुँचे या उनको कोई चोट पहुँचे साथ ही साथ कोई आप लोग जो है एक दूसरे को जो है चीट मत करिएगा रिलेशन के मामलों में क्योंकि आपकी सिंह राशि है अनायासी लोग आपके तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो प्लीज़ अपने जो आपके रिलेशन है इसमें आप लोग ईमानदारी निभाइएगा अन्यथा बड़ी आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है आप जिनसे प्यार कर सकते हैं उनको पता चल सकता है कि आपका कहीं दूसरी जगह भी संबंध है तो इस मामले को लेकर भी आप लोगों के बीच तनातनी उठा रहेगी जहाँ सितम्बर में राहू का गोचर केतु का गोचर होगा ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा उपाय क्या करना है सिंह राशि के जात को क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो उपाय भी उसके होते हैं तो सबसे पहले तो आपको प्रयास ये करना रहेगा कि सोमवार व शुक्रवार के दिन दूध में केसर डाल करके और थोड़ा सा शहद डाल करके भगवान भोलेनाथ को आपको जो है ओम नमः शिवाय मंत्र से अर्पण करिए दूसरा शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को सुहाग की सामग्री सुहाग की सामग्री जैसे मेहंदी हो गई कौन हो गया चूड़ी हो गई बिंदी हो गई सिंदूर हो गया और जो भी जो है परफ्यूम के आइटम हो गया कपड़े हो गया जो भी चीज़ें हैं ये आप लोग किसी सुहागिन स्त्री को आप लोग डोनेट करना शुरू करिए दान करना शुरू करिए आपका प्रेम संबंध और आपका वैवाहिक संबंध बड़ा मजबूत होगा एक बार आप लोग करके देखिए तीसरा प्रयोग एक हम आपको और बता रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि फ्राइडे के दिन मेल हो फीमेल हो सब कर सकते हैं शिवलिंग पर एक आपको सूखा नारियल ले जा करके अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है कम से कम 21 शुक्रवार आप लोग इस उपाय को करिए और इसके आप लोग रिजल्ट देखिए आपके कुंडली के हिसाब से और क्या उपाय हो सकते हैं तो अपनी कुंडली दिखवा करके आप लोग जान सकते हैं साथियों हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वार्षिक राशिफल 2020 हज़ार सिंह राशि के जातकों का हमारे इस चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी पड़ चुका है कैरियर राशिफल 2020 स्पेशली आप लोगों के लिए हमने बना करके अपने चैनल पर डाल दिया है जो भी मेजर ग्रहों के गोचर व राशि परिवर्तन हो रहे हैं इनसे संबंधित भी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया दैनिक राशिफल प्रतिदिन हमारा आता है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और हाँ अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना मत भूलिए तो दर्शकों दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और हाँ प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम का आप लोग उद्घोष जरूर कीजिए क्योंकि ये जो कमेंट बॉक्स है जय श्री राम के महासागर के साथ फ्लोटिंग होना चाहिए तैरना चाहिए आप भी इसमें गोता लगाइए तो नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार पुनः नौ वर्ष की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं जय हिंद वंदे मातरम